नमस्कार दोस्तों बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की मोस्ट अवेंटेड फिल्म पठान लगातार कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही है हर दिन वो सौ करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार कर रही है इस बीच फिल्म ने लगभग साढ़े चार सौ करोड़ से भी ज्यादा का, का कारोबार किया है और फिल्म इसी के साथ सुपरहिट साबित हुई लेकिन इन सबके बीच गायब हो गए हैं हिंदू संगठन अब नजर नहीं आएंगे पता है न कि मुँह दिखाने लायक नहीं रह गए हैं मुझे तो लगता है कहीं वो पठान देखने तो नहीं लग गए कुछ भी हो बहरहाल पठान ने बॉयकॉट बॉलीवुड के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है लेकिन इन सबके बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था पर यूट्यूब पर अब फिल्म आ चुकी है किसी ने यूट्यूब पर फिल्म को लीक कर दिया है और फिल्म को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है आने वाले टाइम में लेकिन इन सबके बीच शाहरुख खान की फिल्म ने जिस प्रकार खुद को साबित किया है वो काबिल तारीफ़ है आपको याद ही होगा कि कैसे पठान के गानों से विवाद शुरू होकर बॉयकॉट तक पहुँच गया था लोगों को शाहरुख खान दीपिका पादुकोण जॉन अब्राहिम की जोड़ी बहुत पसंद आ रही है फिल्म इस हफ्ते शौकरों की क्लब में शामिल हो जाएगी और इसी के साथ वो शाहरुख खान की ऐसी पहली फिल्म बन जाएगी जो इतनी जल्दी सुपर हिट हुई और सुपर डूपर हिट होते जा रही है